छतरपुर में दो शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लुटेरों के कब्जे से छह मोबाइल एक बाइक जब्त की गई है आपको बता दें दोनों लुटेरे मामा भांजे हैं और ये मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे छतरपुर में दो शातिर मामा भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अक्सर ये मामा भांजे लुटेरे राह चलते फोन पर बात करती लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे अधिकतर कॉलेज तिराहे और बिजावर नाका पर लूट की घटनाओं को ये अंजाम देते थे छतरपुर सीएसपी ने लूट का खुलासा किया उन्होंने बताया कि इनके पास से छः लूट के मोबाइल एक बाइक जब्त की गई है फिलहाल मामा भांजे पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है ये थाना सिविल लाइन में कल 16 दस को एक एफ दर्ज की गई थी जिसमें लूट की एफ दर्ज की गई थी इसमें फरियादिया का मोबाइल लूटा गया था इसमें सिविल लाइन के द्वारा थाना सिविल लाइन से टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को पकड़ा गया इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं कुल छः मोबाइल एक गाड़ी जब की गई है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया